देखिए अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ हो जाता है ये दीर्घ संधि का पहला नियम है इसमें अक प्रत्याहार देखिए हम लिख देते हैं अक प्रत्याहार के वर्ण हैं जो आपके अ ई उ री ये पांच वर्ण हैं इन पांचों वर्णों में पहला हमने वर्ण लिया अ इसको लिया जिससे कि बना नियम अ या आ के बाद के बाद का मतलब प्लस के चिन्ह के बाद ये प्लस के चिन्ह के बाद फिर अ या आ आए तो आ हो जाता है यानी कि चाहे अ रहे या फिर आ रहे फिर अ रहे या आ रहे इनमें दोनों को मिलाने पर हमें आ ही बनाना होता है इसी को कहते हैं अस अकवर्ण दीर्घ के वर्ण समान वर्ण आए तो उनका दीर्घ वर्ण हो जाता है उदाहरण देख लेते हैं जैसे है देखिए पुस्तक धन आलय पुस्तक धन आले बराबर हो जाता है अब यहाँ पर देखिए क में हमारा अ है हर वर्ण में अ छिपा होता है जब हलंत लगा दिया जाता है तो उसका स्वर निकल जाता है तो यहाँ क में हमने लगाया हलंत और निकला अ प्लस आ अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे आ तो आ को पुनः क में जोड़ लेते हैं तो इससे बन जाता है हमारा पुस्तकालय पुस्त कालय पुस्त तो इस तरह से हमारा ये बन जाता है पुस्तकालय इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं जैसे है आ आ को मिलाने पर देखिए जैसे है विद्या धन आलय विद्या धन आलय बराबर हो जाता है विद्यालय विद्यालय अब देखिए अगर हम यहाँ पर आ को लिए हैं और आगे भी आ है इसलिए ये दोनों आ मिलकर के आ का स्वर ही बना तो आ का स्वर यहां पर दया में आ ही लगा है इसी तरह से देखते हैं विद्याधन अर्थी विद्या बराबर हो जाता है विद्यार्थी विद्यार्थी यहां पर देखिए आ की मात्रा और उसके बाद अ की मात्रा आई फिर भी दोनों को मिलाकर हमने आ की मात्रा लगा दिया तो इस तरह से इसका पहला नियम यह हो जाता है कि अ रहे चाहे आ रहे उसके बाद फिर अ रहे चाहे आ रहे हमें बड़ा स्वर आ बना देना है दीर्घ का मतलब होता है बड़ा करना इसीलिए इसका सूत्र है अक सवर्णी दीर्घ अ से लेकर क तक के बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं उनका दीर्घ वर्ण कर दीजिए तो अब चलिए दूसरा नियम हम बनाते हैं देखिए ई है हमारा तो अब ई को नियम में लेते हैं दूसरा नियम इसी तरह से बना लेते हैं ई या बड़ी ई के बाद के बाद चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा तो सा या के बाद या के बाद ई या ई आए तो बड़ी ई हो जाती है। अब यहां पर देखिए ई या ई के बाद ई या ई आए तो ई हो जाती है उदाहरण देखिए जैसे है रवि धन इंद्र रवि धन इंद्र अब यहां पर देखिए छोटी ई है आगे भी छोटी ई है तो दोनों को मिलाएं तो लेंगे बड़ी ई अब इसको लिखा जाए तो हो जाएगा अब यहां पर ई और ई मिलकर के बड़ी ई हो गई इसी तरह से देखिए नदी धन बराबर हो जाता है न दी श शहा पर बड़ी ई पहले से ही है और फिर ई आई तो दोनों ई मिलकर के बड़ी ई ही लगा दी जाती है तो इसी तरह से यह है कि ई या ई के बाद फिर ई या ई आए तो हमें बड़ी ई कर देना है दिल का मतलब ही होता है बड़ा करना तो जितने भी अप्रत्याहार में वर्ण है सभी का इसी तरह से बड़ा करना होता है तो चलिए देखते हैं तीसरा नियम इसको भी मिटा लेते हैं तीसरा नियम बनाते हैं इसमें आ जाएगा हमारा ऊ तो ले लेते हैं ऊ या उ के बाद उ, या उ आई तो हो जाता है तो देखिए इसमें उ या ऊ के बाद जब उ या ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है इसका उदाहरण देख लीजिए जैसे है भान धन उदय भानु धन उदय बराबर इसको जोड़ने पर देखिए यहाँ पर ऊ है फिर आगे ऊ है दोनों ऊ को जोड़ा जाए तो बड़ा ऊ बना देना है यहाँ लिख लिया जाएगा भानु उदय ये भी बड़ा हो गया दीर्घ मने होता है बड़ा हमें सब मिलाकर बड़ा करना है तो बड़े वर्ड को लिखना है इसलिए यहाँ हो गया भानु उदय और उदाहरण देख लीजिए एक एक मधु वधु धन उत्सव वधु धन उत्सव बराबर हो जाता है व धू वधुधन उत्सव बराबर हो जाता है तो इसी तरह सब चौथा उदाहरण देखते हैं चौथा नियम इसका चौथा नियम में है देखिए जिससे है अब अगला वर्ड आ जाता है हमारा री और री तो री को हम लोग अब तो सिर्फ एक री छोटी री ही पढ़ी जाती है लेकिन संस्कृत व्याकरण में री और री वर्ण भी होते हैं जिनको पढ़ना पड़ता है तो ये चौथा वर्ण है हमारा री तो इसको लिखेंगे री या बड़ी री भी होती है जिसको अब नहीं पढ़ाया जाता है लेकिन संस्कृत में है आपको देखिए बड़ी री हो जाती है री या री के बाद री या री आए तो री हो जाती है उदाहरण देख लीजिए इसका क्योंकि इसका उदाहरण अब बहुत कम मिलता है जैसे है मात्री धन मातृन ऋणम धन ऋणम अब यहां पर देखिए री की मात्रा है आगे फिर री की मात्रा है री आ गई तो दोनों को मिलाकर के बड़ी री लगाना है तो यहां लिखा जाएगा मा मातृधन ऋणम माता का ऋण तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा मातृणम और एक उदाहरण देख लीजिए जैसे है पितृधन ऋणम पितृधन ऋणम बराबर हो जाता है पी तो मातृधन ऋणम मातृणम और पितृधन ऋणम पितृणम तो इस तरह से हम इसको भी बड़ा री की मात्रा लगा लेते हैं अब लास्ट है पांचवा नियम इसका पांचवा नियम में है री इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे ल्री या ल्री के बाद ल्री या ल्री आई तो ल्री हो जाती है देखिये संस्कृत व्याकरण में तो यह है इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है लेकिन हिंदी में इसको ली को लव वर्ड मान लिया गया और ली की मात्रा को री की मात्रा मान लिया गया है जिससे कि हिंदी में इसको समाप्त कर दिया गया है तो इसका उदाहरण देखिए जैसे है ल्री, धन लिकार बराबर हो जाता है कार. तो ये खत्म बढ़ कर दिए जाने के कारण इसके उदाहरण भी बहुत कम मिलते हैं तो इस तरह से है ली और प्लस ली बराबर बड़ी ली लिख लेना है तो धन आकार लिकार बराबर लिकार तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा दीर्घ संधि का पहला संधि दीर्घ संधि समाप्त होता है तो अगले वीडियो में फिर मैं लेकर आता हूँ गुण संधि और संधि क्रम से आपको सभी संधियों को पढ़ाते हैं